ये देखिए अपने दोस्तों के साथ ये कैसे मस्ती कर रहा है। शेविंग क्रीम, हथकड़ी। <laughs> देखते जाइए। दरवाजे पे इसने टेप लगा दिया है आगे देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो शेविंग क्रीम ले खड़ा है देखो। <laughs>